तो ये <णगे> मरा ये ये तो तो जब जब छोड़ छोड़ मरदा दा गे दाबागे दाबागे दाबागे दाबागे के के के घर घर मरदा बागे मरदा मरदा बाछौरी मरदा बागे दाबागे दा बागे केन मरदा दाबागे में से निकल जखने कावर गह तोरा हाथ में काँवर गह तोरा हाथ में कावर गह तोरा हाथ में सुल्तानगंज से जखन निकल साथ जखे निकल तोरा साथ में छौरी पुन दादा के। कान के बाली, के दल लको तोरा दलको तोरा कानी तोरा लुक गो गो रहा दूक गे दुकान गे छा I'm a bad boy. Get some. छौरी तू तुबे धोखा तू दुबे धोखा तू दुबे धोखा के छौरी तू तुबे धोखा वो कौन छौरा जवे गल जकरा गलही मौका छौरा बाछी पुन मरादा बा के पन मरादा दाबागे के पन मरादा के